इंडिया में आई पी मतलब क्रिकेट का घमासान है और इस युद्ध में पूरा का पूरा इंडिया भाग लेता है पूरा का पूरा इंडिया इस गेम को देखता है और मैं उसी के साथ साथ एक और नया गेम प्ले लेके आ चुका हूँ क्रिकेट के बेस और ये गेम सिर्फ और सिर्फ थर्टी एम बी का